आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज एंड नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है कितने सुंदर फूल आप देख रहे होंगे मित्रों ये सुंदर फूल और फल नींबू के हैं सिट्रस लिमोन और रूटेसी फैमिली का ये प्लांट है इसके गुणों की मैं बात करूं तो सारा दिन निकल जाएगा गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके औषधीय उपयोगों में इस्तेमाल किया जाता है वो हम आपके साथ साझा करेंगे विटमिन सी का नेचुरल सोर्स है बहुत सारे फ्लेवनाइड पोलिफिनिक कम्पाउंड्स और एंटी इसके अंदर पाए जाते हैं लीवर डिटोक्सीफिकेशन के माध्यम से ये अपना कार्य करता है क्या करता है कि अगर हमें वात पित्त और कफ तीनों की समस्या हो तो तीनों को इक्वेबरियम करने का कार्य करता है और अगर कान में दर्द हो तो हम क्या कर सकते हैं इसके फल का रस निकालकर एक दो बूंद कान में डालना चाहिए बहुत अच्छा कार्य करता है कान का दर्द एक से दो दिन में ठीक हो जाता है अगर वात के कारण शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो रहा है तो इसकी जो जड़ होती है जड़ की छाल लेनी चाहिए और उसमें गाय का घी मिलाकर लेप लगाना चाहिए अगर हृदय या पसलियाँ या फिर शरीर के लोअर पोर्शन में अगर दर्द हो रहा है तो हम इसका शहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं और इसका लेप भी लगा सकते हैं शरीर के अंदर कई बार लीवर में टॉक्सिंस के इकट्ठा होने से त्वचा के ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं जिसको वाइट स्पॉट्स कहते हैं उसको निराकरण के लिए हमें इसका रस लेना है उसमें शहद मिलाना है और उसका सुबह सुबह खाली पेट सेवन करना है धीरे धीरे क्या होगा कि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन जब हो जाता है तो ये व्हाइट स्पॉट अपने आप ही चले जाते हैं आर्थाइटिस की समस्या हो तो इसके जूस में हमें एक से दो कली लहसुन की पकानी चाहिए और उसका हमें लेप लगाना चाहिए साथ ही साथ हमें नींबू के रस में शहद मिलाकर सेवन करते रहना चाहिए इसके अगर आप पत्ों का फांट बनाएंगे तो ज्वर में विशेष लाभ करता है और फांट कैसे बनाएंगे गर्म पानी कर लीजिए और उसमें पत्र डालकर ढक दीजिए पत्र और फूल मिल जाए तो और भी अच्छा है ढक दीजिए और आधे घंटे बाद जब वो जल ठंडा हो जाए तो उसको पी लीजिए इस प्रकार से आप इसका फांट बना सकते हैं कॉमन कोल्ड की समस्या हो या इन्फ्लुंजा की समस्या हो तो उसमें भी त्रिकटों के साथ लेकर इसको आप सेंधा नमक मिलाकर लूकॉम वाटर में डाल लीजिए दो से चार एमएल जूस पर्याप्त होगा और आप इसको पी जाइए धीरे धीरे जब विटामिन सी का है क्योंकि नेचुरल सोर्स तो है ही इसके अंदर कई सारे पोलिफिनिक कंपाउंड भी होते हैं किसी भी प्रकार के जो वायरल इन्फेक्शन हैं उसको आसानी से ठीक भी करते थे कई बार देखा जाता है कि आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं उसके निराकरण के लिए आप इसके रस में एक चुटकी खाना सोडा मिलाइए और आंखों के नीचे लगा दीजिए आधे घंटे बाद लूपॉम वाटर से वॉश कर लीजिए दो से तीन दिन में काले घेरे आसानी से दूर हो जाते हैं इस प्रकार से आपने जाना कि ये नींबू किस प्रकार से लीवर डिटॉक्सीफिकेशन करते हुए आपके शरीर के विभिन्न रोग जो त्वचा संबंधित हैं कफ संबंधित हैं अस्थमा से रिलेटेड हैं रेस्पाइटरी प्रॉब्लम्स के हैं या हार्ट संबंधी अगर कोई डिसऑर्डर है तो ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है कोलेस्ट्रोल को ये डाउन करता है और यूरिनरी कैलकुलाई अगर कहीं है तो उसको भी यह ठीक करता है इस प्रकार से यह जो प्लांट है आप अप आप इसको आसानी से यूज़ करते हैं साथियों क्या क्या होता है कि नींबू की जो प्रकृति होती है थोड़ी सी इसके रस की प्रकृति शीतवीरिय होती है अगर कंडीशन निमोनिक हो तो डायरेक्ट सेवन नहीं करना चाहिए इसके साथ शहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं फिर मिलेंगे और ये जानकारी आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अपने मित्रों के साथ जरूर साझा कीजिए फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ आप सभी का धन्यवाद